टूट टूटा चौकी चंद्र के जब को मच्छे लगाओ गर्ल, लुक चढ़ेला बोला रे जवाब औरे हो, हिले लगाओ मर्दों मच्छे लगाओ गर्ल, लुक चढ़ेला बोला रे जवाब औरे। रहने सुन, चुप करो बोल गर्ल, मुझे बुखार ना खड़ा बुआ बुआ बच बुगर। सुंदर ये के है हो। की बारे टंच हो गोरे गोरे चुप कर चुपुका